Assalamualaikum, दोस्तों मेरा नाम है समीर और मेरा चैनल नया चैनल है आर्ट ऑफ इंडिया और आप लोग देख रहे हैं मैं जकार्ट का टैक्स में विविंग कैसे करता हूँ एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे लोग बनारस के अंदर खास करके बनारस के लोगों के लिए बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे विविंग के लिए लोग सिर्फ़ ऑटो का ही इस्तेमाल करते हैं और बाकी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कम करते हैं यानी नब्बे परसेंट लोग ऑटो टैक्स को ही जानते हैं और उनको वीविंग करने के लिए नए नए सॉफ्टवेयर यानी कोई सॉफ्टवेयर पैड होता है वो ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है जो पंद्रह पंद्रह बीस बीस हज़ार रुपए में लोग देते हैं और वो काफ़ी महंगे होते हैं तो मैं आपको एक वीविंग करके दिखाऊँगा ऑटो टैक्स में जो लोग ऑटो टैक्स को बारे में जानते हैं वो ज़्यादातर लोग विविंग के बारे में नहीं जानते और फाइल स्प्रिट नहीं होती फाइल स्प्रिट पूरी हो जाएगी हर कलर के साथ और जो है उसके साथ फाइल स्प्रिट होने के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि मैं उसके हर कलर को स्प्रिट कर दूंगा, और बाद में वो आप उसकी फिंगर या पेटी या कुछ भी भर सकते हैं आ, तो चलो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी तक किसी ने ऑटोटैक्स के बारे में नहीं बनाया है अभी तक कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिली है और मेरी वीडियो अगर पसंद आ जाएगा तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल बेलाइकॉन कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आगे से कोई भी वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए और मैं बार बार ही बनाऊँगा और ऑटोटेक्स का भी बनाऊँगा वीडियो और आ, टेक्सल का भी बनाऊँगा एम्ब्रॉयडरी का भी बनाऊँगा काफ़ी मतलब जो भी सॉफ्टवेयर मुझे मालूम है डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से मैं सबकी वीडियो बना बना के आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग उससे सीख सकें तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको सिखाऊं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है एक ये डिज़ाइन आपको बना के दिखाता हूँ सबसे पहले दिखाता हूँ आपको एक सेकंड बस आप देखिएगा एक सेकंड मैं आपको सबसे पहले ये एक टैक्सल में खोल रहा ये मैंने टेक्सल में बनाया हुआ है ये जंगला है बनारसी और इसके साथ ये उर्तू वगैरह सब भरी हुई है आप देख सकते हैं सारी उर्दू भरी हुई है तो मैं इसको आपको विविंग करके दिखाऊंगा टैक्सल में नहीं मैं ऑटोटेक्स में दिखाऊंगा ये टैक्सल है क्योंकि मैं टैक्सल में बनाता हूँ ठीक है नेट ग्राफिक का है ये वर्ज़न तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मैं अभी बंद कर देता हूँ ठीक है और मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ ऑटो में आ, ये ऑटो का ऑटो टैक्स प्रोफेशनल ज कार्ट वर्ज़न है ये शायद आपके पास नहीं होगा तो आप मेरे से ले सकते हैं मैं आपको दे दूंगा और सिखा भी दूंगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं वो फ़ाइल जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो मैं आप फाइल ले लेता हूं ये फ़ाइल मेरी आगे जो मैंने आपको अभी दिखाया था ठीक है उसके बाद हमें इसको विबिंग करना है यानी इसको पहले फाइल को स्प्लिट करना है उसके बाद ये पेटी वग़ैरह का, का काम होगा जो पिकम्पिक सा होता है उसके लिए रिपेयर के लिए भी होता है हालाँकि इसके बाद ये एक आपको दिख रहा है ये एक डिज़ाइन टाइप का बना हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये लिख कर आएगा एक्स्ट्रा वेफ्ट जैसे ही हम एक्स्ट्रा वेफ्ट कलर क्लिक करेंगे तो ये मुझे कलर ऑर्डर बताएगा आपको कौन सा कलर कब लेना है यानी ये कलर ऊपर से वाइट रेड ब्लू वगैरह वगैरह है तो हम इसको उल्टा लेंगे यानी कि पहले हम ये लेंगे फिर ये फिर ये फिर ये बैकग्राउंड का लास्ट कलर जो आपको यहाँ दिखा नहीं देगा पर वो हो चुका रहेगा ठीक है ओके okay करेंगे ओके okay करने के बाद फिर मुझे ये सर्च वाला दिख रहा है आपको ऑप्शन उसके बगल में ये वाला हम क्लिक करेंगे ये वाला सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या करना है यानी कि इसके बगल में आप लोड वीव करेंगे जैसे ही आप लोड वीव करेंगे एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा यहाँ पर पौरी ऑप्शन आएगा इसको ओके okay करेंगे इसको ओके okay करने के बाद ये पौरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ साइंग वीव टू आल कलर्स इस पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे जैसे यस करेंगे यहाँ पे सारे कट कट लग के चले आएंगे उसके बाद इसको बंद कर दीजिए बंद करने के बाद यहाँ पे आपको वीव डिज़ाइन दिख रहा है जैसे आप वीव डिज़ाइन पे करेंगे, क्लिक करेंगे आपकी वीविंग हो जाएगी ये देखिए सांती भर गई दम इसको बोलते हैं दम अपनी लैंग्वेज में बनारस के लैंग्वेज में दम बोलते हैं ये सांती आपकी भर गई पर आपने एक चीज़ और नहीं देखी नोटिस नहीं की होगी साँी भरने के बाद आ ये ये स्प्रिट हुई नहीं तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे व्यू पे जाएंगे व्प डिज़ाइन जैसे ही वीप डिज़ाइन करेंगे ये सारी साथी आपकी अलग अलग कलर में स्प्रिट हो गई है और उसके बाद इसको फाइल सेव एस बीएमपी करेंगे और मान लीजिए डेस्कटॉप टॉप देते हैं कोई नो नंबर डाल देते हैं। नाइन मान लीजिए डाल दिए नाइन ये सेव मेरी बी हो गई है मैं इसको आपको टेक्सल में खोल के दिखाता हूँ मैंने टैक्सल में ये खोल दिया अब ये देखिए बड़ा करके दिखाता हूँ आपको ये सारी विविंग हो चुकी है ये देखिए सारे कलर अलग अलग ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे कलर हो गए अब आप यहाँ से अपने जो भी कलर के च्वाइस हैं ऑटो टैक्सी खोल के या कहीं भी खोल के आप अपना पेटी वगैरह भर सकते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए सब्बा खैर मेरा चैनल आर्ट ऑफ इंडिया इसको प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए अस्सलाम वालेकुम